yeah ah kya bolli play aise baneko to mare mare mare mare let see the boy rat din bita kaise tujhko kya pata kisko kya pata haal dil mere dil ki dastaan tu kya jaanta kisko nahi pata zakhm kitne gehre hum kis gali mein reh rahe hum dard kab se seh rahe hamare hum dard kitne hai किससे कह रहे किससे गहरे है सब है बेरे ते ते दे देते सिर्फ मसले का हल साला किसी के पास नहीं दे कुछ सही देते दे सारे उसको भरा समय नहीं बिजाता मैं किसी के पास सिर्फ रब के सामने सर झुकाता मैं गिड़गिड़ा के फिर मांगू माफी आने दे आने दे आने दे बनने को तू आने दे, दे। जिंदा दिल्ली ऐसी तू मैं लिखा था नकली बनने का तो जाने देने ते आने, दे, आने, दे, आने दे। asli panne ko tu jaane de zinda dilli se tumhe likha tha nakli banega to jaane de aane de another another asli panne ko tu jaane de zinda dilli se tumhe likha tha nakli banne ka to jaane de aane de aane de aane de aaya mehnat ke khate mein aane de aaya falki lagati jab tak mat to bajne de shaane ko jaane de what kare zamane yaare divane jaare zamane yaare ई भगवान खुद को क्या चाहिए तू खुद से पूछ तू खुद से पूछ तुझे खुद को क्या चाहिए तू खुद से पूछ तू खुद से पूछ तुझे खुद को क्या चाहिए तू खुद से पूछ तू खुद से पूछ तुझे खुद को क्या चाहिए तो खुद ऐसी पूछ तू खुद आड़ी कर तेरी पोपड़ी बनेगी पानी पूड़ी पाओ भाजी तू है नरम पाओ मैं तू गरम घाओ हरकते सारी पबली बोले सीखे पीछे मुड़के ने कहा बचपन से मेरे सारे असलियत और हकीकत पे गिथे तेरे मेरे भी तरह अलग में रह ली गए इतना फास्ट मेरा मन बोले ढील पब्लिक रहे अचंबे मेरे लेना छोटे तेरे को तो चल फिर हवा आने तो रहना सतक बंबई रे आने दे आने दे आने दे असली बने को तू आने दे जिंदा दिली से तू मे लिखा था नकली बनेगा तो जाने दे आने दे आने दे आने दे असली बने को तू आने दे जिंदा दिल्ली ऐसी तुम्हें लिखा था नकली बने तो जाने दे आने आने दे दे आने दे असली बनने को तू आने दे, दे। जिंदा दिल्ली से तू मैं लिखा था नकली बनने का तू तो जाने देखा मेहनत रखाते मैं आने दे देखली लगाती जब तो मत तो बजने दे शाने को जाने दे आ आने दे समझ में आ रही लाएगा